2022 में आप अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक कैसे लेके आ सकते हैं गूगल के अंदर आप कैसे रैंक करेंगे इसी से रिलेटेड आज मैं आपको 10 टिप्स देने वाला हूं नया कुछ नहीं है मैं इन सब टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं बस फर्क इतना है कि उन सारे पॉइंट्स को मैं आज एक वीडियो में कवर करूंगा मैं हूँ वेदांत तो और वेलकम है आपका टेक्नो वेदान चैनल में एक ही करके सारे पॉइंट कवर करूंगा तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म आप ब्लॉगर या वर्ड किसी में भी जा सकते हैं बस फर्क इतना पड़ेगा कि ब्लॉगर आपका फ्री है और वर्डप्रेस में आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे वर्डप्रेस में फ़ीचर्स और ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होती है जो ब्लॉगर में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और आजकल तो होस्टिंग इतनी सस्ती हो गई है कि फ्रेंड्स आप बहुत ही इजीली इसे अफोर्ड कर सकते हैं आप देखेंगे सिक्सटी पर मंथ में भी आप इस होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग है आप होस्टिंग में जाएंगे तो आपको शेयर्ड क्लाउड वर्डप्रेस, सारी होस्टिंग यहाँ पे मिल जाएगी इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा कूपन कोड भी दे दूंगा जिससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अब डिपेंड करता है कि आपने ब्लॉगर में जाना है या फिर वर्ड में जाना है सेकेंड पॉइंट है हमारा डोमेन नेम मैं हमेशा यही प्रेफर करूँगा आप टॉप लेवल डोमेन नेम परचेज करें डॉट या डॉट इसमें से किसी एक एक्सटेंशन को ही यूज करें और बहुत ही चीप प्राइस में डोमेन नेम मिलते हैं मैं इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं आप चाहे ब्लॉगर यूज कर रहे हैं या वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं डोमेन नेम आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप गूगल में जल्दी रैंक करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक चाहते है तो थर्ड पॉइंट है थीम्स आपको हमेशा पेड थीम का ही यूज करना है मैं जानता हूँ स्टार्टिंग में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता पर आज के डेट में तो सब कुछ पॉसिबल है बहुत ही चीप प्राइस में आपको थीम्स और प्लगइन्स मिल जाती है जितनी भी मैं वेबसाइट्स बता रहा हूँ सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे तो अभी स्पिन नाउ की। मतलब आपको यहाँ पे अभी 40% तक ऑफ़ मिलेगा अभी ये ऑफर चल रही है कब तक रहेगी ये मुझे भी नहीं पता पर जब तक ये ऑफर चल रही है इसका बेनिफिट ज़रूर उठाए यहाँ पर आप देखेंगे मुझे ट्वेंटी ऑफ़ का कूपन मिल गया ऑलरेडी इतनी चीप प्राइस में थीम्स और प्लगिज होते हैं उसमें ट्वेंटी और ऑफ़ मिल गया तो ये तो सोने पर सुहागा है अगर आप फ्री थीम को डाउनलोड करके यूज़ करते हैं एक तो उसके अंदर ऑप्शंस कम मिलेगी फीचर्स कम मिलेंगे प्लस आपकी जो वेबसाइट की स्पीड रहेगी वो 60 टू 70 मुश्किल से पहुंचेगी। अगर पहुंच भी गई तो आपकी एक तरह से लॉटरी लग जाएगी अगर आप पेड थीम का यूज करेंगे तो 99 100% तक आपकी वेबसाइट की स्पीड पहुँचेगी साल के तीन नहीं लगेंगे और आपको पेड थीम और प्लग के बेनिफिट्स मिल जाएंगे फोर्थ पॉइंट है जीवट रिसर्च इस पे तो मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ लिस्ट भी दे चुका हूँ आपकी कीवर्ड रिसर्च ऐसी होनी चाहिए जिसमें वॉल्यूम बहुत हाई हो CPC मिले या ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप CPC के पीछे पड़े रहेंगे तो आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आना तो मुश्किल है गूगल में रैंक भी नहीं हो पाएगी क्योंकि हाई सी जो कीवर्ड्स होते हैं ज़्यादातर उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी या कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है तो इसलिए वॉल्यूम हाई होना चाहिए सी पी आप ध्यान न दे ट्रैफिक पोटेंशियल अच्छा होना चाहिए इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा और कीवर्ड डिफिकल्टी कह लो या फिर कंपटीशन कह लो वो बिलो 10 होना चाहिए अगर बिलो 5 मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है इसका मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आप देखेंगे इस कीवर्ड की जो कीवर डिफिकल्टी है वो सिर्फ टू है वॉल्यूम इसमें तेईस का आ रहा है और ट्रैफिक पोटेंशियल इकतीस तक जाता है ट्रैफिक पोटेंशियल मतलब कि की इस कीवर्ड पर कितना ट्रैफिक आ सकता है जितना सर्च वॉल्यूम है उससे ज्यादा ट्रैफिक आएगा चलते अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ वो है 100% इजी टू रीड यूनिक आर्टिकल उसमें वन या टू परसेंट भी प्लेग्रिजम ना हो तो बहुत अच्छी बात है इजी टू रीड का मतलब ये कि आपके आर्टिकल के वर्ड्स समझने में इतने इजी हो तो सिक्स या सेवन्थ क्लास का भी स्टूडेंट आपका आर्टिकल पढ़ के समझ जाए गूगल हमेशा इसी चीज को रिकमेंड करता है कि आपका आर्टिकल रीडेबल होना चाहिए बहुत ही आसानी से समझ आ जा जाए स्पिन करोगे या फिर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे ट्रांसलेट करोगे तो उसको भी फ्रेंड्स आपने इजी टू रीड करना है और वो कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसे पढ़े उसे समझें और उनके वर्ड्स को चेंज करें अगर आपको यूनिक आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम आती है तो इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ प्ले लिस्ट बना लिए जिसके अंदर ट्वेंटी वीडियोज़ है एटलीस्ट यहाँ से आपको आइडिया तो मिल जाएगा कि किस तरह का आर्टिकल होना चाहिए इससे आपके पास एक बेस आ जाएगा और उस बेस में जस्ट आपने अपनी क्रीम लगानी है और आपके पास एक 100% यूनिक आर्टिकल रेडी हो चुका है अब चलते हम अपने सिक्स्थ पॉइंट की तरफ जिस कीवर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं उसे एक बार गूगल में ज़रूर सर्च करें फॉर एग्जाम्पल आप पनीर रेसिपी के ऊपर अपना एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहला आर्टिकल है उसको आप ओपन ज़रूर करें यहाँ पर आप देखेंगे सिक्सटी पनीर डिशेज के ऊपर आर्टिकल लिखा गया है सबसे पहला पॉइंट अगर यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो वेबसाइट रैंक हो चुकी है मतलब आर्टिकल जो रैंक हो चुका है उसमें सिक्सटी पनी डिशेज है तो आपको 65 या 70 प्लस डिशेज का ही आर्टिकल लिखना पड़ेगा तब तो तभी आप उससे ऊपर रैंक कर पाएंगे और इसमें सेकंड पॉइंट आर्टिकल तो बहुत लंबा है आप देखेंगे इसमें कॉपी पेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही मैं इस एक्सटेंशन के बारे में भी बता चुका हूँ मैंने एक्सटेंशन ऑन करी रिफ्रेश करा अब आप देखेंगे मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से इसके जितने भी वर्ड्स हैं आप देखेंगे बहुत बड़ा आर्टिकल है पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ सारे वर्ड्स को आपने यहाँ से कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आप इस वेबसाइट में आएंगे और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितने वर्ड्स का आर्टिकल है फॉर एग्जाम्पल ये फाइव वर्ड्स का एक आर्टिकल है जिसमें सिक्सटी डिशेज को बताया गया है तो आपका आर्टिकल साढ़े या चार वर्ड्स का होना चाहिए और उसमें सिक्सटी या सेवनटी डिश होनी चाहिए आप आर्टिकल लिख लेते हो आप ये नहीं देखते कि आपके कॉम्पिटिटर ने कितना बड़ा आर्टिकल लिखा है और उसके बाद आप परेशान होते हो कि हमारा आर्टिकल गूगल में रैंक ही नहीं कर रहा और ना ही उसमें ट्रैफिक आ रहा है तो इसलिए कॉम्पिटिटर के ऊपर नज़र ज़रूर रखो और जब आपका आर्टिकल गूगल में रैंक हो जाए तो हर थर्ड या फोर्थ डे उसको चेक ज़रूर करो हो सकता है कोई और आपका कॉम्पिटिटर आ जाए और वो आपसे बेटर आर्टिकल लिखे आपसे भी ऊपर निकल जाए तो उस केस में भी आपको फिर से देखना पड़ेगा उसने ऐसा क्या करा है जिसकी वजह से वो आपसे ऊपर निकल गया और आपको उससे एक स्टेप आगे और चलना पड़ेगा सेवन पॉइंट ऑन पेज एस और कीवर्ड प्लेसमेंट इसके करे बिना भी, भी आपको बहुत इफेक्ट पड़ेगा मतलब आपका आर्टिकल ना तो गूगल में रैंक होगा ना ही उसमें ट्रैफिक आएगा अगर आपको ये नहीं पता कि ऑन पेज एस कैसे करते हैं कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करते हैं तो उसके ऊपर भी मैं बाईस मिनट का ये वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने सारा डिटेल्स में बताया और अभी तक ये सारी चीज़ें फॉलो हो रही है तो इसको आप ज़रूर देखें जब ये सारा कर लोगे तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि भाई इतना कुछ कर लिया तो हमें गूगल एक्सेस का अप्रूवल कैसे मिलेगा और आज भी मेरे पास यही कमेंट्स आते हैं और हर कमेंट में ज्यादातर वीडियो में मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ इस वीडियो को देख लो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी लॉकडाउन में मैंने ये वीडियो बनाया था और पर्सनली मैं खुद इसी वीडियो को फॉलो करता हूँ अब चलते हम अपने नाइन्थ पॉइंट की तरफ वो है साइट मैप आपकी वेबसाइट का साइट मैप गूगल सर्च कंसोल के अंदर सबमिट जरूर होना चाहिए उससे बहुत हेल्प मिलती है कि जिससे आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर रैंक करे और गूगल सर्च कंसोल में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको मैं इस समय नहीं बता सकता पर उन सारे टॉपिक्स पे ऑलमोस्ट मैं वीडियो बना चुका हूँ साइट मैप कैसे बनाते हैं एक्सएमएल एच ब्लॉगर में कैसे बनाएंगे वर्ड में कैसे बनाएंगे कैसे सबमिट करेंगे इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और गूगल सर्च कंसोल से रिलेटेड आपको जितने भी इश्यू आ रहे हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टेंथ नंबर की जो टिप्स है उसमें मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आए दिन गूगल गूगल सर्च इन सोल गूगल एडसेंस यूट्यूब कोई ना कोई अपडेट निकालता रहता है तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे अगर आप अपडेट को मिस कर देंगे तो उससे भी फ्रेंड्स आपकी वेबसाइट गूगल में रैंक नहीं हो सकती हो सकता है कोई ऐसी अपडेट आ गई जिसे आपने फॉलो नहीं करा पर ना ही उसमें ट्रैफिक आएगा अगर आप इन टेन टिप्स का ध्यान देंगे तो उससे आपकी वेबसाइट में इफेक्ट जरूर पड़ेगा ऐसे ही टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से और बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत